दोस्तों बहुत सारा भाई पूछ रही थी कमेंट बॉक्स में बहुत सारा भाई पूछ रही थी भाई अब मेरा ओ, मेरा YouTube पर चैनल है और उसमें शॉर्ट चलन है और शॉर्ट चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ मगर आ, जब भी मैं शॉर्ट चैनल पर लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देती हूँ वही शॉर्ट चैन वही शॉर्ट चैनल वही पर वीडियो अपलोड करती तो शॉर्ट चैनल मेरा अच्छा खासा व्यू आती उसके बाद जो ही मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की वही वीडियो को लॉन्ग करके थोड़ा सा लॉन्ग करके लॉन्ग बना के वही वीडियो को लॉन्ग वीडियो अपलोड करती है वही चैनल पर तब तो भी मेरा व्यू नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही और मेरा चैनल पर बहुत सारा सब्सक्राइबर भी अच्छा खासे सब्सक्राइबर भी है या मेरा मोनिटाइजर भी हो गया दोस्तों इसके बाद भी मेरा भैया मेरे चैनल पर, पर सब्सक्राइबर अच्छा है बहुत सारा अच्छा खासे सब्सक्राइबर है मोनिटाइजर भी हो गया जब भी मैं शॉर्ट वीडियो चला अपलोड करती हूँ शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के बाद मेरा शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाती है जब भी मैं वही चैनल पर लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देती हूँ लॉन्ग वीडियो अपलोड करने के बाद मेरा व्यू आती है 60, 70 सत्तर इस तरह के से व्यू आती है उससे ज़्यादा व्यू नहीं आती है तो क्या रीज़न है किस तरह से वीडियो अपलोड करना चाहिए या मेरा शॉर्ट चैनल पर लॉन्ग वीडियो अपलोड करने से आ, मेरा कभी भी वायरल होगा या नहीं होगा तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से लॉन्ग वीडियो अपलोड करोगे किस तरह से तुमको टैक्स डिप्रेशन लगाना सब कुछ डिटेल बाय डिटेल बताएंगे दोस्तों तो बने रहना वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लोजपोल होने वाली है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में तो जरूर बिना स्क्रिक देखना लास्ट तक तो दोस्तों वीडियो लेते हैं स्टार्ट करने से छोटा सा रिक्वेस्ट था और मेरे चैनल पर पहली बार अगर न्यू आया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेललाइकन को क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट करके रखना जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों सबसे पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाने के लिए तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं शॉर्ट चैनल पर शॉर्ट चैनल पर तुम अगर लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देती हूँ लॉन्ग अपलोड करने का तुम्हारा कितना व्यू आ चाहिए एक सौ डेढ़ या तुम्हारा पंच या साठ सत्तर इस तरीके से तुम्हारा व्यू आती है अगर वही चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देती हो शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत तुरंत छः सात मिनट के बाद ही बा। तुम्हारा हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार हाज, मतलब व्यू आ जाती है और वही वही वीडियो अगर वही वीडियो जो तुमने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया वही वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा के थोड़ा सा लॉन्ग करके अगर लॉन्ग तरीके से तुम अपलोड करोगे अपलोड करने के बाद जब भी तुम अपलोड कर दोगे अपलोड करने के बाद तुम्हारा कितना व्यू आएगा एक सौ डेढ़ इस तरीके से व्यू आती है तो दोस्तों जैसे तुम शॉर्ट वीडियो पर क्या होती है शॉर्ट वीडियो अलग होती है और लॉन्ग वीडियो अलग होती है मतलब शॉर्ट वीडियो में क्या होती है ना तुमको डिपक्रीशन ना नहीं तुमको टैक्स नहीं तुमको नहीं तुमको, आ, तुमको टाइटल लगाने की जरूरत पड़ेगा नहीं ही तुमको थाम्बे लगाने की जरूरत पड़ेगा उसके बाद भी तुम अगर वीडियो को अपलोड कर दे उसके बाद भी तुम्हारा वीडियो वायरल लिस्ट में चला जाएगा वायरल फ्यूचर में चला जाएगा यूट्यूब शॉर्ट फ्यूचर में चला जाएगा तो दोस्तों लॉन्ग वीडियो पर ऐसा नहीं होती है लॉन्ग वीडियो पर तुमको टैक्स लगाना की होती है थाम्बे लगाने की जरूरत पड़ती है टाइटल लगाने की ज़रूरत पड़ती है डिपकी रिसिमेंट में भरना जरूरत पड़ती है उसके बाद तुमको सोचना हो सोचना पड़ती है आ, किस तरह से मैं वायरल टाइटल लिखूँ किस तरह से वायरल टैक्स लिखूँ किस तरह से थामबेल बनाऊँ किस तरह से तुम हैशटैग टैग वगैरह यूज करूँ इस तरीके से तुमको सोचे सोचना पड़ती है तब तो तक तुम्हारा एक लॉन्ग वीडियो को अपलोड कर सकती हो तो इस तरह के से अगर शॉर्ट तरीके से तुम अपलोड कर दोगे तुम्हारे लॉन्ग वीडियो तो, तो कभी भी तुम्हारा भाई व्यू नहीं आएगा, नहीं आएगा और कभी भी तुम्हारा यूट्यूब फीचर में नहीं जाएगा और कभी भी तुम्हारा यूट्यूब सर्च लिस्ट में तुम्हारा वीडियो नहीं भेजेगा यूट्यूब वीडियो को लोगों के पास भेजेगा नहीं तो ठीक तरह से नहीं तुम टैक्स लिखती हो ठीक तरह से तुम नहीं तुम थम्बेल लगाती हो नहीं तुम आगा तुम अगर ठीक तो तरह से नहीं तुम टाइटल लिखती हो तो तुम्हारा किस तरीके से तुम्हारा अगर सर्च भी किया सर्च करने के बाद तुम्हारा वीडियो कहाँ से तुम्हारा रेकमेंस करेगा कर कहाँ से लोग के पास भेजेगा कहाँ से कहाँ से तुम्हारा वीडियो सर्च लिस्ट में लगेगा तुम्हारा वीडियो जिस रिलेटिव का तुमने वीडियो अपलोड की उस वीडियो का तुमने तो नहीं ही टैक्स लिखाया ना ही तुम थंबेल लगाया नहीं ही तुम डिप्री में भरा नहीं तुम हैशटैग का यूज किया शॉर्ट वीडियो में क्या होती दोस्तों नहीं तुमको टैक्स नहीं तुमको थंबेल नहीं तुमको डिपक्रीचर नहीं तुमको हैशटैग वगैरह यूज करना होगा फिर भी तुम्हारा वीडियो इसमें फ्यूचर में चला जाती है यूट्यूब शॉर्ट फीचर में चला जाती है तो लॉन्ग वीडियो पर ऐसा नहीं होती है दोस्तों लॉन्ग वीडियो पर सही तरीके से अपलोड करना होगा सही तरीके से अपलोड किस तरह से करोगी सब कुछ डिटेल बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में तो बने रहना वीडियो को थोड़ा सा स्किप नहीं करना तो दोस्तों क्या करना होगा दोस्तों सबसे पहले तुम्हारी यूट्यूब एप्लीकेशन को क्रम से ओपन कर थ्री डॉट को क्लिक करके डॉक्ट को साइट मोड को एनेबल करके राइट मार्क करके Enable कर लेना Enable करने का तुमको इस तरीके से इंटरव्यू देखने को मिलेगा इसके बाद थोड़ा इसके बाद आ जाना इसके बाद तुमको देखने के लिए मिलेगा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों इस तरीके से तुमको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो सिंपली दोस्तों इस वाला ऑप्शन को क्लिक करना इस वाला ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इस तरीके से तुम्हारा सब कुछ वीडियो आ जाएगा जैसे तुम वीडियो अपलोड किया सब कुछ तुम्हारा इस तरीके से वीडियो आ जाएगा तो तुमने लॉन्ग वीडियो में क्या कहती हो ना ही तुम इस तरीके से तुम थाम्बेल देती हो जो मेरी थाम्बेल देख रही हो दोस्तों ना ही तुम लॉन्ग वीडियो में तुम्हारा शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हो आ शॉर्ट वीडियो पर ही लॉन्ग लॉन्ग वीडियो पर अपलोड कर देती हो मतलब शॉर्ट चैनल पर ही लॉन्ग वीडियो को अपलोड कर देती है तुम्हारे YouTube चैनल पर ही जब तुम लॉन्ग वीडियो अपलोड करती हो तो लॉन्ग वीडियो को नहीं तुम इस तरीके से थंबनेल देती हो ना ही तुम इस तरीके से टाइटल लिखती हो तो इसलिए तुम्हारा व्यू नहीं आती दोस्तों और इसके बाद तुम बोलो मेरा भाई तो शॉर्ट वीडियो पर तो अच्छा खासा व्यू आ रही है लाखों में व्यू आ रही है हज़ार में व्यू आ रही है दो हज़ार में व्यू आ रही लाखों में व्यू आ रही है इसके बाद मेरा लॉन्ग वीडियो पर क्यों नहीं व्यू आ रही लाखों की सब्सक्राइबर भी है तो दोस्तों लॉन्ग वीडियो अलग होती है और शॉर्ट वीडियो अलग होती है शॉर्ट वीडियो में नहीं तुमको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं तुमको डिपक्रिप्शन लगाने की, की जरूरत नहीं तुमको टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं ही तुमको थाम्बेल लिखने की ज़रूरत इस तरीके और इस तरीके से होती है लॉन्ग वीडियो में क्या होती है तुमको थाम्बेल भी लगानी होती है थामबेल भी लगानी होती है टाइटल भी लगाना होती है डिपक्रिप्सन भी लगाना होती है सब कुछ लगाना होती है सही सही तरीके से लगानी होती है और सही सही सही लगानी होती है जिस रिलेटिव बात हमारा वीडियो और वही रिलेटिव का तुमको थम्बेल भी लगाना होगा और वही रिलेटिव का तुमको टा टाइटल भी लिखना होगा जैसे मेरी इस वीडियो में क्या है तो मैंने क्या लिखा है छः से चे सात व्यवू आता है चलन पर तो व्यवू कैसे लाएं इस तरह से मैंने टॉपिक लिखा इसके बाद इसके बाद मैं इसको क्लिक कर लेती हूं पहले इसको क्लिक करने तो के बाद इसको क्लिक कर लेती हूँ तुमको और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ इसलिए मैं और क्लिक कर लेती हूँ तो मैंने क्लिक कर ली क्लिक करने के बाद मैंने लिखा है दोस्तों देखो मैंने क्या लिखा है छः से मैंने टेक्स्ट लिखा, लिखा है दोस्तों देखो टाइटल लिखा है छः से सात व्यू आता है चैनल पर तो व्यू कैसे बढ़ाएँ यूट्यूब पर व्यू कैसे बनाएं इस तरह से मैंने टाइटल लिखा इसके बाद मेरा डिस्क्रिप्शन में ही सेम टू सेम इस तरीके से मैंने भी इसको ही कॉपी करके इसको ही पेस्ट कर दिया डिपक्रिप्शन में आ, और मेरी टाइटल में सेम टू सेम है और उसके बाद उसके बाद थोड़ा नीचे आना इसके बाद तुमको एक ऑप्शन एक देखने के लिए मिली है थम्बेल तो दोस्तों यूट्यूब वीडियो लॉन्ग वीडियो अपलोड करने के मोस्ट इंपोर्टेंट बात रहती है उसकी थंबनेल उसकी थंबनेल को देख के ही क्लिक करती हैं तो जैसे मैंने उस टाइटल का मैंने वीडियो को अपलोड किया तो जैसे मैंने टाइटल भी थंबनेल भी लिखा टाइटल भी लिखा और डिप्रेशन भी लिखा सेम तो मैंने थम्बेल भी लिखा इस तरीके से जैसे देखो छः से सात व्यू आता है तो दो टिप्स फॉलो दो टिप्स फॉलो फॉलो करने से दस के माना दस हज़ार व्यू आएगा और वन वन वन मिलियन व्यू आ सकती है मतलब दो टिप्स अगर फॉलो करी दोस्तों मतलब दो टिप्स अगर फॉलो करोगी तो हाँ तुम्हारा मिलियन में व्यू आ सकती है तो दोस्तों इस तरीके से मैंने थंबनेल बनाया मतलब वही रिलेटिव का जो रिलेटिव का मैंने वीडियो बना वही रिलेटिव का मैंने थंबनेल भी बनाया थाम्बेल भी बनाया टैक्स भी थाम्बे भी बनाया और डिपक्रिशन भी लगाया उसके बाद मैंने थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ आने के बाद तुमको एक कूनर बोले ऑप्शन देखने की मिल दोस्तों देख रहे हो कुन्रबुल एक ऑप्शन देखने के लिए ना दोस्तों तो सिंपली सिम्पली कुरबुल जो ऑप्शन देखने की मेरे उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ नीचे आने के बाद मैं बोल के देने के बाद मैंने टैक्स लगाया बहुत सारा टैक्स तो बहुत सारा टैक्स देखने के लिए मेरे बहुत सारा टैक्स जैसे टैक्स लिखा है वीडियो अपलोड टाइम सेटअप सेट मान किस तरह से मैं टाइम अपलोड करूँ कहाँ पर टाइम अपलोड करूँ इस तरह से मैंने टैक्स लिखाया इस तरह से टैक्स लिखा इसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाती हूँ मतलब टैक्स ही भर दिया टैक्स में भरने के बाद और नीचे आती हूँ नीचे आने के बाद मैंने हैश टैग वगैरह का यूज़ किया दोस्तों जैसे दोस्तों दोस्तों जैसे देखने के लिए मेरे हैशटैग वाला ऑप्शन देखने के लिए मिली जैसे मैंने हैशटैग लगाया शॉर्ट शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे शॉर्ट वीडियो वायरल करने का सही तरीका इस तरीके से मैंने टेक्स्ट लिखा इसके बाद इसके बाद मैंने एक हैश का यूज़ किया हैशटैग का यूज किया इसमें भी इसमें भी हैश का यूज किया इसको भी हैश का यूज किया शॉट शॉर्ट वायरल कैसे करें शॉर्ट वायरल करने का YouTube पर शॉर्ट वायरल कैसे करें इस तरीके से मैंने शॉर्ट लिखा इसके बाद मनोज देखा नाम लिखा इसके बाद तो बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम लिखा शॉर्ट वायरल कैसे करें मनोज देखा जैसा इसके बाद शॉर्ट वायरल कैसे करें इस तरीके से मैंने लिखा शॉर्ट वायरल कैसे करें इस तरीके से मैंने टैक्स लिखा मतलब एक टैक्स क्या होती है तुम्हारा एक एक डिपक्रिशन भी टैक्स होती है इसके बाद एक वीडियो में वीडियो पर भी टैक्स लगाने की जरूरत पड़ती है तो जैसे तुम्हारा अगर वीडियो पर टैक्स लगाती हो टैक्स वाला ऑप्शन में टैक्स लगाती हो ना तो उसमें अगर काम नहीं आया तो तुम्हारा डिपक्रेशन में जो टैक्स रहेगा वो 100 परसेंट तुम्हारा काम आएगा 100 परसेंट यूट्यूब फ्यूचर में जाएगा यूट्यूब सर्च लिस्ट में जाएगा कोई भी अगर बंदा सर्च किया इस टॉपिक का अगर कोई भी बंदा इस तरीके से अगर सर्च किया जैसे जैसे मेरा टाइटल लिखा है थंबनेल में लिखा है या टैक्स में लिखा है इस तरह से सर्च किया अगर अगर तुम भी अगर सर्च करते हो यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें तो मेरा इस वाला ऑप्शन में जो लिखा है शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें ऊपर में देखने है देखने के लिए मेरे तो शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करे जब भी तुम सर्च करो सर्च करने के बाद मेरा वीडियो रिकमेंड करेगा मेरा वीडियो मेरा वीडियो तुम्हारे पास भेजेगा यूट्यूब तो इस तरीके से काम करती है इस तरह के ऐसी का काम करना होती है इस तरह अगर डिपिकेशन में एड लगाती होशटेक का यूज़ करती हो या लगाती है इसके वो थोड़ा नीचे आज ना नीचे अनेक बार तुमको और एक ऑप्शन देखने के मिलेगा इसमें भी मैंने लिखा है टैक्स शॉर्ट वीडियो मोनस देखा शॉर्ट वीडियो कैसे इसमें क्या लिखा है शॉर्ट वायरल कैसे करें मोनस देखे जैसा शॉर्ट वायरल कैसे करें यूट्यूब पर इस तरह से मैंने लिखा इसके बाद इसका ध्यान से देखो इसके बाद मैंने मेरा चलन का नाम लिखा मेरे चलन का नाम क्या है टैक्स रानी टैक्स रानी 2.0 तो टैक्स रानी 2.0 मैंने हैश का यूज़ किया मतलब कोई भी अगर मेरा नाम को अगर सर्च करेगा तो नाम भी मेरा सर्च लिस्ट में दिखाएगा मेरा वीडियो फास्ट में रिकमेंड करेगा यूट्यूब फीचर में लगेगा तो इसीलिए तुम्हारा नाम भी देना होगा तो तुम्हारा हैश का यूज़ करना होगा तुम्हारा नाम भी इसके बाद इसका तो बड़े बड़े यूट्यूबर का भी तुमको हैश का यूज़ करना होगा जैसे अगर बड़े बड़े यूट्यूबर का भी अगर सर्च करें तो तुम्हारा वीडियो रिकमेंड करेगा जैसे मैंने लेखा कैरेटा सर्च टू तो मैंने कैरेट सार टू पॉइंट जीरो उसको भी दिया है इसके बाद मैंने मोहनजे का भाई का भी मैंने दिया है शॉर्ट वीडियो कैसे वायरल करें मोहनजे के जैसा इस तरीके से मैंने उसको भी उसको भी टैक्स लगा उसको भी ऐसे हैशटैग वगैरह यूज़ किया इसके बाद दोस्तों हैशटैग टैग वगैरह यूज करने के बाद हैश वगैरह यूज कर देना इस तरीके से यूज करना इस तरीके से जब भी यूज कर दोगी इस तरह से लिखोगी जो मेरी स्क्रीन में दे इस तरीके से आगे लेखोगी लिखने के बाद तुम्हारा एक एस बन जाएगा ए बन जाएगा इसके बाद दोस्तों इसका तुमको सेप वल ऑप्शन को क्लिक करके मतलब इसमें सेफ वाला ऑप्शन को क्लिक करके तो मैं दिखा दे रही हूँ कोई भी एक, एक, एक लेके सेप वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना तो फिर इसके बाद दोस्तों इसके बाद सेपल ऑप्शन को क्लिक करके सेप्पल ऑप्शन के मिलेगा देखने के मिल ना सेफ वाल ऑप्शन तो दोस्तों सिंपली सेप वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना सेपल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद सेपल ऑप्शन कर देना सेप करने के बाद दोस्तों थोड़ा नीचे आना नीचे आने के बाद तुमको ऑप्शन देखने के मिलेगा थम्बल वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा थम्बे लगाने के ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे मेरी थम्बेल लगाए इस तरीके से मैंने थम्बे लगाया है तो सिंपली थांबल वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा थांबेल वाला ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक थ्री डॉट एक ऑप्शन देखने के मिल दोस्तों थ्री डॉट तो सिंपली जो थ्री डॉट ऑप्शन देखने के मिल रहे हैं तो मैं तुमको जूम करके दिखा दे रही हूँ दोस्तों इस तरह के तुमको एक थ्री डॉट ऑप्शन देखने के मिलेगा तो सिंपली थ्री डॉट को क्लिक करना इसके बाद चेंजिंग वाला ऑप्शन को क्लिक करना चेंजिंग वाला ऑप्शन को क्लिक करने का तुम्हारा प्रोफाइल में चला जाएगा तुम्हारी गिलारी में चला जाएगा गैलारी में जाने के बाद इस वाला ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ही तुम्हारा गिलीरी में चला जाएगा तुम्हारा तुम्हारा गैलारी में चला जाएगा डायरेक्टली गैलारी में पहुंच जाओ गैलारी में पहुंचने के बाद तुम्हारा जो भी तुम थम्बे बना बनाया रखी हो तुम्हारी वीडियो के लिए उस थम्बेल को सिलेक्ट करना उस थम्बे को सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद थोड़ा नीचे आना नीचे आने के बाद तुमको एक ऑप्शन देखने के मिलेगा दोस्तों एक नीचे आ जाना नीचे आने के बाद तुमको एक ऑप्शन देखने के मिलेगा दोस्तों इस तरह से तुमको ऑप्शन देखने का मिलेगा इसके बाद इस तरह से तुमको ऑप्शन देखने को मिलेगा हाँ ऊपर में तुमको देखने के लिए मिलेगा यस दिस मैक फोर किट मतलब तुम्हारा अगर बच्चे के लिए कॉन्टेंट है तो अगर बच्चे के लिए तुम्हारा वीडियो है तो इस वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा इस वाला जो ऑप्शन को है इस वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा अगर तुम्हारा अगर तुम्हारा बड़े बड़े बड़े के है अगर तुम्हारा कंटेंट बड़े लग के लिए है या तुम्हारा वीडियो बड़े लेक के लिए है तो क्या करना होगा दोस्तों तुमको इस वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा नो नॉट दिस मेट फॉर किट मतलब तुम्हारा मेरा वीडियो बच्चे के लिए नहीं है मेरा वीडियो बड़े लग के लिए वीडियो है तो तुमको नो वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा अगर तुम्हारा बड़े लेख के लिए नहीं है बच्चे के लिए तुम्हारा अगर वीडियो तो ये वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा अगर तुम्हारे बड़े लग के है तो बड़े बड़ा जो नो वाला ऑप्शन देखने की मीर नो वाला ऑप्शन को क्लिक करना नो वाला को नोबल ऑप्शन को क्लिक करना आगे तुम्हारा नो ऑप्शन को क्लिक करना आगे तुम्हारा छोटे के लिए छोटे बच्चे के लिए तो तुम्हारा येस वाला ऑप्शन को क्लिक करना है यहाँ पर ही तुम क्या लेना यस या नो क लेना इसके बाद इसके बाद क्या लेना सेट कर लेना सेट करने के बाद जूम करके दिखा रही हूँ इस तरीके से इसको क्लिक करना इसको क्लिक करने के बाद इसको क्ल करना इसको क्लिक करने का थोड़ा नीचे आ जाना नीचे आने का तुमको दोस्तों नीचे आ जाना नीचे आने के बाद तुमको टैक्स वाला ऑप्शन देखने के मिलेगा टैक्स लगाने के लिए तुमको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा जैसे मैंने टैक्स लगाया दोस्तों इस तरीके से मैंने टैक्स लगाया इस तरीके से मैंने टैक्स लगाया दोस्तों देख रहे हो इस तरह से मैंने टैक्स लगाया कोई भी मैं तुमको ब्लैक वगैरह नहीं करके दिखाऊंगी तुम पूरा तुमको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी मैंने किस तरह से टैक्स लिखाया जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर क्या कहते हैं ब्लैक कह देते ब्लैक करने के बाद तो मेरा अगर मेरा टैक्स है टैक्स कोई अगर यूज कर लगा है कर लेगा तो उसका वीडियो वायरल हो जाएगा हो जाएगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगी दोस्तों मैंने जैसा टैक्स लगाया ऐसे अगर तुम्हारा रिलेटिव का वीडियो है तो इस तरीके से टैक्स ना होगा अगर तुम्हारा अगर तुम्हारा कुछ भी अगर चैनल का अगर तुम्हारा वीडियो है जैसे तुम अगर तुम्हारा चैनल का वीडियो है जैसे तुम्हारा यूट्यूब पर जैसे तुम्हारा YouTube ट्यूब कैसे बनाए इस तरीके से तुम्हारा रिलेटिव हो सकती है इस तरीके से तुम्हारा टाइटल हो सकती है या तुम्हारा कुकिंग चैनल का टाइल भी हो सकती है या तुम्हारा ब्लॉक चैनल का भी टाइटल हो सकती है मतलब कोई भी वीडियो अगर बना रही हो लॉन्ग वीडियो या तुम्हारा स्टेटस वीडियो का लॉन्ग वीडियो हो सकती है या तुम्हारा कुछ भी अगर लॉन्ग वीडियो हो रही है और कुछ भी टाइटल का अगर तुम वीडियो बना रही हो तो जैसे अगर तुम्हारा वीडियो है तो मेरा वीडियो क्या है यूट्यूब जैसे मैंने मेरा वीडियो है यूट्यूब यूट्यूब पर मैं ले तो यूट्यूब यूट्यूब पर पार लिख लेती हूँ पार YouTube पर वीवू जैसे मैंने लिख लिया वीवू कैसे कैसे बनाए तो मैंने लिख लिया बनाए बनाए तो इस तरीके से इस तरीके से मैंने एक टैक्स हो गया मैंने इस तरीके से टैक्स लिख लिया इसके बाद टैक्स लिखने के बाद तुमको एक टैक्स बन जाएगा इसके बाद जब भी तुम इसको क्लिक करोगी तो तुम्हारा एक टैक्स बन जाएगा जैसे मैंने अभी अभी टैक्स लिखा है इस तरीके से एक टैक्स बन गया इसके बाद दोस्तों इस तरह से तुम्हारा टैक्स बन गया इसके बाद सेपल ऑप्शन को क्लिक कर देना सेपल ऑप्शन को क्लिक करने का तुम्हारा सेफ हो जाएगा इसके बाद इस तरह से टैक्स लिख लेना घर घर के टैक्स लिख लेना जो भी तुमको अच्छा लगे तुम्हारे हिसाब से जो भी तुम्हारा रिलेटिव का तुम्हारा वीडियो रिलेटिव का तुमको टैक्स लगाना होगा इस तरह से टैक्स लगा लेना लगाने के बाद यहाँ पर सेट वगैरह कह लेना सेट वगैरह करने के बाद तुमको इसके बाद सेट वगैरह कह लेना इसके बाद तुम्हारा सिलेक्ट हो जाएगा इसके बाद तुम्हारा इसके बाद सेफल ऑप्शन को क्लिक कर देना सेफल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद तुम्हारा सेफ हो जाएगा दोस्तों इसके बाद तुम्हारी वाई टी में जाना वाई टी में जाने के बाद तुम्हारा वीडियो को वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद तुम पब्लिक क्या देना पब्लिक करने का तुम्हारा ठीक तरीके से ए सीओ भी काम हो जाएगा ठीक तरीके से डिप्रिप्शन भी लाग जाएगा सही तरीके से तुम्हारा हैशटैग भी यूज होगा और सही तरीके से, से थम्बेल भी ऐड करना सीख जाओगे अगर थम्बेल बनाना नहीं आती तो मेरे इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा डिपक्रिप्शन में जाके देख लेना किस तरह से लॉन्ग वीडियो का थम्बेल बनाती है किस तरीके से लॉन्ग वीडियो थाम्बेल बनाती है आ, मैं पॉपुलर तरीके से बात दिया डिटेल बाय डिटेल बता दिया, दिया दोस्तों आ जाकर देख लेना किस तरीके से लॉन्ग वीडियो थाम्बेल बनाऊंगी इसके बाद तुम्हारा ठीक तरीके सब कुछ हो जाएगा एस यू एक काम हो जाएगा मतलब तुम्हारा youtube चैनल के लिए जो लॉन्ग वीडियो अपलोड करी ना उन लॉन्ग वीडियो पर तुम्हारा एस्यू ओ हो जाएगा इसके बाद सेपल ऑप्शन को क्लिक करके सेपल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद सेपल ऑप्शन को क्लिक कर देना सेपल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इस तरीके से तुम्हारा लॉडिंग लगा इसके बाद लॉडिंग लेने के बाद लॉडिंग लेना लॉडिंग लेने के बाद तुम्हारा सेप हो जाएगा से बनेगा तो वाई एप्लीकेशन में जाना वाई एप्लीकेशन में जाने का जो अनलिस्ट करके रखी थी उसको पब्लिक कर देना उसको पब्लिक करने का तुम्हारा पब्लिक में चला जाएगा उसके बाद तुम्हारा एक डेढ़ घंटे के, के बाद तुम्हारा हंड्रेड परसेंट जो तुम्हारा व्यू आ रही थी लॉन्ग वीडियो पर उससे भी ज़्यादा व्यू आएगा और इस तरीके से काम करते जाना हंड्रेड तुम्हारा फॉलो करते जाना इस तरीके से जब मैंने जैसा मैंने बताया इस तरीके से फॉलो करते कहते जाना दोस्तों हंड्रेड तुम्हारा एक ना एक दिन तुम्हारा वीडियो वायरल जाएगा लॉन्ग वीडियो वायरल जाएगा तो वहीं पर तुम्हारा चार हज़ार घंटा भी पूरा कह देगा वहीं पर भी तो आई होप वीडियो में बहुत कुछ तुमको सीखने के लिए मिला तो एक लाइक कर देना प्यारा से एक कमेंट भी कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आने के लिए तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में जय हिंद बंदे मातरम